नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक बाइक में दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी ईआरपीआई के अंदर स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि दोस्तों में इसी टाइप की वीडियो लाते रहता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है दोस्तों दोस्तों चलो टेली का ओपन कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से लॉगिन सॉरी वर्किंग एजुकेशन मोड में इसको डाल देता हूँ ठीक है आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप वहाँ से डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको कुछ इंटरफेस हो रहा है यहाँ से गेट वे ऑफ फेक ठीक है तो दोस्तों आपको करना क्या है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है सेकेंड वाले नंबर पर ठीक है और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आने के बाद आपको सिंपली दोस्तों एंटर करना है ये वाला जो ऑप्शन इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन आपको पर है है एंटर करना दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस होंगे स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मश्योरप ये तीन ऑप्शन होते हैं ठीक है, वाला वाला है items, आपको सिंपली करने स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन जो नीचे वाले दूसरा वाला ऑप्शन है स्टॉक आइटम आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है ठीक है एंटर करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरसा होगा और कुछ ऑप्शन होंगे आपको एक तो इस ऑप्शन आपका क्रिएट का कर। दूसरा डिस्प्ले एल्टर क्रिएट का मतलब क्रिएट करना डिस्प्ले का मतलब उसको शो करना जो हम स्टोक आइटम बना रहे हैं ठीक है एंटर का मतलब है उस आइटम को एडिट करना या फिर उसमें कुछ बदलाव करना चेंजेस करनाट है? तो करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्टोक आइटम कोई तो ही नहीं तो हम सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं यही हम है वीडियो में बताने वाले हैं तो हमको क्रिएट पर ओके करना या फिर एंटर करना ठीक है एंटर करने के बाद दोस्तों कुछ स्टाइप का इंटरवेंस आपको शो होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टोक आइटम क्रिएशन और नेम आपको यहाँ पर आपका मैं जो भी स्टॉक का आइटम है आपको यहाँ पर डालना है ठीक है मैं ऐसे डाल देता हूँ इसके लिए डाल देता हूँ निरमा सॉप निरमा सॉप ठीक है उसके बाद हमको एंटर करना है और फिर एंटर करना है दोस्तों उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का साइड में आपको छपे सो इधर आ जाएगी आप ये लिस्ट सॉप ग्रुप है ठीक है ये बिस्किट दाल राइस ये हमने ग्रुप बनाए थे पिछली वीडियो में तो ये आपको सो होंगे इसलिए आपको अपना जो भी ग्रुप लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे निरमा सॉप है तो मुझे सॉप का ग्रुप लेना है ठीक है नहीं बनाया था दोस्तों के लिए अगर आप पैक का यूनिट बना चा, बनाना चाहते हैं तो अल्ट सी से बना भी सकते हैं वरना आप के जी में ही डाल दें क्योंकि आप पहले बना लीजिएगा ठीक है अगर आप यहाँ यहीं पर बनाना चाहते हैं तो अल्ट सी के साथ बना सकते हैं हम बना लेते हैं के ठीक है एंटर करते हैं यहाँ पर हम और एंटर कर देते, देते। हैं ठीक है उसके बाद हमको एंटर करना है फिर दोबारा से एंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना एंट्री को दोस्तों स्टॉक का आइटम बन चुका है ठीक है इसको हम देखते हैं ई एस टी के बैग चले जाते हैं है इसको और यहाँ से डिस्प्ले वाले ऑप्शन आपको शोर है आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं निर्मा शॉप ये हमारा एक लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम बन चुका है ठीक है स्टॉक आइटम बन चुका है वैसे हम ई के, तो के से बाहर जाते हैं ठीक है और जो आपको ऑप्शन हो क्यूट वाला आप यहाँ से जा सकते हैं वरना ई ए एस के बाद बाहर जा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक केयर